आगे आइए कैद के विजिटर सेफ एरिया में घुसने के बाद येलो लाइन के आगे मत जाइएगा आपके और कैदी अबोमिनेशन के बीच जो कांच होगा उसे बिल्कुल मत छुइएगा। हालांकि हमने एहतियात बरती है पर आपकी सुरक्षा की गारंटी हम नहीं देंगे क्या आपको शर्तें मंजूर हैं? मंजूर है यहाँ साइन कीजिए चोट लगने या मौत होने पर हमें बताइए किसे इतला करें? इतना खतरा है कोई ढील नहीं बरतीगा याद रखिए कैदी एक बहुत ही खतरनाक आदमी है तो क्या वो मेरी बोटियां करके कुत्तों को खिला देगा मैम, ये फिल्म नहीं है पता है मुझे